वेलकम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सेंटर दोस्तों जो आहर विद्यालय की कल यानी कि दिनांक ग्यारह तारीख दो में एग्जाम हुआ जो क्वेश्चन मेरे पास है उसको मैथ का सोल्व कर रहे हैं तो जो लोग अपना गलत या सही मारे हैं अपना आंसर मिला ले फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो लाख दो हजार को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है कह रहे दोस्तों कि दो लाख दो हजार अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है कह रहा है कि दो लाख दो हजार तो दो इकाई हुआ दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख तो दोस्तों गिनना है कि दो लाख दो हजार तो से गिना जाता है हमेशा जाता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख तो कहने का मतलब कह रहा था कि दो लाख दो हजार तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दो हजार हो गया दस हजार लाख तो दो लाख दो हजार हो गया नंबर क्वेश्चन कहता है कि छो की छोटी से छोटी संख्या था चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है तो दोस्तों देखते हैं छ अंकों की छ अंकों की छोटी से छोटी संख्या छोटी से छोटी संख्या छ अंकों की छोटी से छोटी संख्या दोस्तों एक पर पांच जीरो इकाई दहाई सह दस हजार लाख यानी कि छह अंकों की सबसे छो छोटी सी छोटी संख्या एक पर पांच शून्य और कह रहा है कि तथा चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या एक दो तीन चार चार गो हो गया और इसका कौ रहा है दोस्तों कि अंतर यानी कि घटाओ तो घटा ये जीरो है हासिल देंगे दस, दस में से नौ जाएगा अब ये बचा नौ नौ में से नौ गया जीरो ये भी बचा नौ नौ में से नौ गया जीरो ये भी बचा नौ और नौ में से नौ गया जीरो अब ये नौ बचा तो नौ का नौ लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो आपका है हुआ आंसर उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि थ्री इन ब्रैकेट में है और कह रहा है कि इसको सरल करने का प्राप्त होता है इसको सरल करने के लिए क्वेश्चन को कह रहे हैं क्वेश्चन लिख दे रहे हैं छुना सात भागा ग्यारह गुना तीन माइनस बारह माइनस चार गुना दो इसको बोल रहा है सरल कीजिए सरल करते हैं यहाँ पर सोल्भ लिखेंगे तीन का तीन तेरह का तेरह प्लस छह बयालीस भागा फिर एगारह तेंतीस माइनस है फिर कोष्ट में बारह माइनस है चार दुना आठ अब होगा ये तीन ई तेरह पचपन तीन दो पाँच आ चार भागा ये होगा तैतीस माइनस और 12 में से आठ घटाएंगे तो चार कोष्ट टूट गया तो अब ये तीन से पचपन में गुना करेंगे तो तीन पाचे पंद्रह तीन पाचे पंद्रह एक सोलह अब इसको भागा करेंगे तैतीस से आ माइनस चार तो पहले भाग होता है तो भाग करिए तो तीन पाचे पंद्रह तीन पाचे पंद्रह एक सोलह यानि कि दोस्तों पांच में से चार गया एक यानि की आंसर होगा आपका एक चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा तो दोस्तों प्रथम चार अभाज्य संख्या होगा दो तीन पाँच सात जोड़ते हैं कह रहा है कि ये प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए क्या होगा दोस्तों दो प्लस तीन प्लस पाँच प्लस सात तीन दो पांच सत्रह अब कह रहा है पांच नंबर क्वेश्चन कि बारह पूर्णांक एक बाट सोलह का दशमलव